दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आ हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नई जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो तो आपका एग्ज़ाम अभी जून में होने वाला था उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना बोलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ यूट्यूब बहुत ही नॉलेजेबल टेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए तो यूपी लेखपाल का दोस्तों जो एग्ज़ाम है जून में अभी होने वाला था तो वो अभी स्थगित कर दिया गया है मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया है तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यू लेखपाल का एग्ज़ाम है डेटेड दो का जो आपने फॉर्म फिल किया था बहुत समय बाद ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों आता है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसके अंदर निकल के आती हैं आप सभी के लिए अच्छे रैंक की वैकेंसी देती हैं यहाँ पर अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर इस फॉर्म के लिए देखने को मिलती है ठीक है दोस्तों जो रिकायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश कबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस का ये नोटिस है यहाँ पर पोस्ट का नेम है लेखपाल की जो वैकन्सीज हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो लेखपाल की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला था जून में इस मंथ ठीक है दोस्तों वो पोस्टपोन्ड आपका कर दिया गया है जो वैकेंसीज़ यहाँ पर देख लेंगे लिए आपको यहीं लेकपाल के अंदर मिलेंगी साढ़े आठ हज़ार के करीब आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं जो कि रहने वाली हैं बहुत सारी वैकेंसी लेकपाल की पेंडिंग थी जो पिछले साल नहीं हुई थी दोस्तों इस साल हुई हैं तो वो आपका एग्ज़ाम जो है इस बार होने वाला था वो अभी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है सैलरी पेज कल पर देख लेते हैं पंद्रह से साठ प्लस ग्रेड पे प्लस दो हज़ार बहुत ही अच्छी सैलरी जिसको हाई लेवल की सैलरी और ग्रेड वन की जो वैकेंसी जो है दोस्तों ये लेखपाल के रहती है उसका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला था वो अभी पेंडिंग कर दिया गया है पोस्टपोन कर दिया गया है जो भी लोकेशन आपको यूपी के अंदर मिलने वाली थी यूपी में कहीं भी आपको लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी और जनवरी तक आपने फॉर्म को अप्लाई किया था ठीक है दोस्तों जनवरी में इसकी लास्ट डेट थी जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई किया था तो आई सी से 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट सभी कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म फिल किया था तो बहुत ही मतलब कि इस इस साल एग्ज़ाम होने वाला था दोस्तों तो ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया है जो यहां पर 8 साढ़े आठ की वैकन्सी के आसपास यहां पर रहने वाली है अगर आपकी यहां पर जॉइनिंग अगर होती है तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ट्वेल्थ पास ही मांगा गया है बस ट्वेल्थ पास प्लस पी फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट जरूर आपका होगा ठीक है प्लस टू आपके पास अगर आपके पास है तो उसके बाद आपका पी होगा और उसके बाद फाइनली आपकी जो वैकन्सी आपको मिल जाएगी जो विषय हैं देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके जो सब्जेक्ट है वो आने वाले हैं सामान्य हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन 25 प्रश्न आने आ, आएंगे आपके गणित में आपके पच्चीस क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान में पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस मार्क्स के आएंगे ग्राम्य समाज एवं विकास में पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस मार्क्स के आपके यहाँ पर आने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो यू लेखपाल का एडमिट कार्ड स्कूल है तो अब मैं आपको नोटिस दिखाने जा रहा हूं वो जिस नोटिस में मेंशन किया गया है यूपी की तरफ से कि आपको जो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है जो आपका ये एग्ज़ाम अभी जून में ये होने वाला था ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहां पर नोटिस आ गया है पिकअप भवन तृतीय गोमती नगर लखनऊ की तरफ से यहां पर ये नोटिस है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आयोग की आवश्यक सूचना संख्या तीन परी दिनांक इक्कीस अप्रैल दो तो इक्कीस अप्रैल को फॉर्म जो है ये एक्टिव हुआ था आयोग के विज्ञापन संख्या एक परीक्षा 2022 राजस्व राजस्व लेख लेखपाल मुख्य परीक्षा आयोजन 2022 के कैलेंडर 19 जून जैसे कि आप देख रहे हैं 19 जून को आपका ये एग्ज़ाम जो है होने वाला था 19 जून को ये प्रस्तावित था किंतु अपिर कारणों के दृष्टिगत सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है चौबीस जुलाई को 24 जुलाई को जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 24 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम अब होगा तो 19 जून से एग्ज़ाम आपका ये होने वाला था 19 जून को आगे बढ़ाकर यहाँ का यहाँ पर आपका 24 जून को आपका ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 हज़ार बाईस सम्मिलित पर वर्ग से पूर्ति निरक्षक ये सब बकवास दिया गया दोस्तों जून को किया जाना प्रस्तावित था ये बस एक्सप्लेशन दोस्तों नीचे दिया गया है कि आपका जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको फाइनली जून में एग्ज़ाम हो जाएगा बस इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई है ठीक है दोस्तों प्रश्नगत परीक्षाओं के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से जानकारी सभी मिल जाएगी तो ये यह यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र के हिसाब से साइड वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म को देख सकते हैं नोटिस जो है आप सभी देख सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से भी लिख सकते हैं तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था तो वो अभी अपनी तैयारी को जारी रखें फॉर्म को ना छोड़ें और तैयारी करते रहें अपने यू की Hindi, हिंदी हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्टों पे आप अपना अपना ध्यान दें और ये बहुत ही अच्छी एक ग्रेड ए लेवल की दोस्तों ये वैकेंसी है और ये आप सोच किसी भी नेगेटिव ना हो कि हमारा फॉर्म पोस्टपोन्ड हो गया है या एग्जाम कैंसल हो गया है ये चीज़ें आप अपने माइंड में ना लाएँ और रिलैक्स होकर आप अपने फॉर्म एग्ज़ाम की तैयारी करें ये आपका 24 जून को तक आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा ये श्योरिटी है दोस्तों क्योंकि यूपी बहुत ही कम एग्ज़ाम को पोस्टपोन करती है और ये अगर पोस्टपोन किया है दोस्तों एग्ज़ाम तो किसी रीजन की वजह से ही किया होगा तो ये आपका एग्ज़ाम ज़रूर हंड्रेड आपका यहाँ पर चौबीस जून तक हो जाएगा तो आप सभी फॉम को अप्लाई ज़रूर करें